हेलो गाइज कंप्यूटर रोगी साइंस चैनल में आपका स्वागत तो है और आज आपको बताने वाले हैं सी प्लस प्लस की जो, जो क्लास है वो बेसिकता पहले आज होगा आउटपुट एंड न्यू लाइन्स मतलब C प्लस प्लस में आउटपुट और न्यू लाइन्स कैसे आउटपुट निकलता है न्यू लाइन्स कैसे क्रिएट की जाती है कोडिंग में तो मैंने पीछे पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बेसिक सिखाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखते हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए कंप्यूटर ओनली साइंस चैनल न्यू का टॉपिक है प्लस आउटपुट आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट सी सी आउट आउट आउट मतलब मतलब देखना माने विद ऑपरेटर ऑपरेटर क्या है जो आपको दिख दिखाई दे रहे हैं ये ऑपरेटर तो ये जो होते हैं प्रिंट कराते हैं एग्जाम्पल है या को लगाना चाहते हैं हैं तो लगा सकते नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए रिटर्न आप तो आपको ये प्रोग्राम हम रन करके दिखाएंगे चलिए देखते हैं एक बार सेव कर देते दे। हैं सेव करना है इसे। सेव सेव नाम नाम से से करना है किसी भी कर सकते हैं हम इसमें क्या कर रहे हैं आउटपुट कर रहे हैं तो आउटपुट cpp cpp लगाना है पीछे और इसे सेव कर देना है और इसे कंपाइलर जो आप करते हो और इससे भी कर सकते हो तो हम इसे कंपाइल करेंगे ये हमारा कंपाइल है तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है यार जीरो एरर है और इसे हम अब रन करने वाले हैं रन। हुआ तो वर्ल्ड प्रेस की मतलब देखिए कि आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है हमारा आउटपुट ये है तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड आ चुका है जो आउटपुट है आपका ये जो C आउट है ये आउटपुट के लिए यूज किया जाता है और ये येमिकॉल आउटपुट को एक से एक ऑपरेटर काम नहीं करेगा और हमारा आउटपुट में भी कई एरर आ सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे ये है और मैं इसे सेवेज कर देता हूँ और सेव हो चुका है और हम इसे रन करते हैं रन तो आप देख लीजिए यहाँ पे एरर आ चुका है ये एर एरर सी प्रोग्राम फाइल ये जो ब्रैकेट हैं ये लगाने बहुत जरूरी हैं और अब दोबारा करके देख लीजिए आप मैंने लगा दिए हैं तो हमारा फ्रिड द्वारा एक बार प्रोग्राम रन हो चुका है तो ये आउटपुट के लिए यूज होता है आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये मोटर हमारी रन कर चुकी है प्लस कल आउटपुट प्रिंट यू कैन एड एव मैनी आप कितनी सकते हो कितने भी आउटपुट निकाल सकते हो एक निकाल सकते हो एलोवर निकाल, निकाल, निकाल सकते हो या फिर कोई भी am, मैं अपना नाम ले सकता हूँ बाई नेम इज नित ने, बहुत सारा आउटपुट आप निकाल सकते हो नॉट डेट इफ डज नॉट इंसर्ट ए न्यू लाइन आपको न्यू लाइन इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है एंड ऑफ द आउटपुट और आउटपुट का वहीं पर ही एंड हो जाता है एग्जाम्पल ये इसका एग्जाम्पल है, है का आपको मतलब बता दिया आई मतलब इनपुट, को मतलब आउटपुट और एस मतलब सिस्टम एक येडर फाइल होती है क्या होती है, है, है एग्जाम में भी पूछी जाती है आई सू ट्रीम क्या है एच एस एस सी के एग्जाम में भी पूछी जाती है की आई क्या है यूजिंग मेम्स पे आप इसे लगाना चाहते हो लगा लो वरना लगाने की कोई जरूरत नहीं है ये ये ये पहला आउटपुट हमारा और और दो दो इसमें इसमें यूज किए गए हैं हैं हैं हैं चलिए इसको इसको इसको भी रन करके देखते हैं। एक बार कॉपी कॉपी करते हटा देते डिलीट कर देते हैं हैं और और इसको यहीं पर ही सेव कर देते ठीक है और अब इसको हम कंपाइल कर डायरेक्ट रन भी कर सकते भी आ, हो कंपाइल करते हैं यदि एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा जीरो एरर है तो हम इसको रन कर सकते हैं रन और ये देखिए रन हो चुका है आप देख सकते हैं हमारे दो आउटपुट आए हैं अब बात आती लाइन ब्रेकिंग आप देखिए यहां से लाइन दूसरी आनी चाहिए तो लाइन ब्रेकिंग के लिए क्या करेंगे Hello हेलो वन आई एम लर्निंग सी to continue. तो हमें लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए आइए टॉपिक तो पे अपने तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट इसका आ चुका है तो नेक्स्ट पे चलते हैं C++. प्लस प्लस न्यू लाइन आपको न्यू लाइन कैसे लानी है मतलब आपको न्यू लाइन जो आपका ये I am learning C++ आ रहा है इसको सेकेंड लाइन में कैसे लाना है तो ये ऐसा ही आएगा जहाँ से जो ये इसका सेंटेक्स इस है और यहां से आप देख रहे हैं सीआउट हैलो वर्ल्ड लेकिन न्यू लाइन की क्या यूज करेंगे यू कैन यूज दैक्टर आप न्यू लाइन की यूज करेंगे character. आप सीआउट सीआउट निकाल रहे हैं, ये बेकेट बेकेट है hello world. और न्यू लाइन के लिए हमने ये यूज किया है उट आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस आप यहां पे यूज नहीं कर सकते इसे आप यहां पे यूज नहीं कर सकते इसे पहली लाइन में यूज करना पड़ेगा जहां से यहां से लाइन ब्रेक होगी और सेकेंड लाइन कर दी जाएगी रिटर्न जीरो तो भी हम रन करके देखते हैं इसे भी हम रन करके देखते हैं इसे हटा देते हैं और इसे यहीं पर सेव कर देते हैं और इसे भी हम रन करते हैं ये देखिए हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस आप देखिए पे है और यहां से हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है सेकेंड लाइन में आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस ये आज का है और आप देख सकते हैं आउटपुट बहुत अच्छा है आप इसी लोग रन करते हुए F5 से भी रन कर सकते हो F5 से भी रन कर सकते हो यहाँ पे लिखा है एफ तो इससे भी आप रन कर सकते हो कंपाइल करने के लिए F11 यूज कर सकते हो तो अपना टॉपिक फिर द्वारा अपने टॉपिक ब्लैंक लाइन मतलब जो पहली लाइन होगी हमारी जो ये हैलो वर्ल्ड वाली उससे नीचे सीआउट यदि हम एक लाइन ब्रेक करते हैं दो तो लाइन ब्रेक करते हैं तो जो एक लाइन व्हाइट आएगी तो कुछ ब्लैक लाइन है, उसमें कुछ लिखा नहीं होगा दूसरी तीसरी लाइन में ये आउटपुट आउट आउटपुट आएगा तो आप देखिए हम हाँ इसे भी आउटपुट निकालते हैं इसका इसे भी रन करके दिखाते हैं रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारी जो ये है हेलो वर्ल्ड और ये लाइन हमारी बिल्कुल ब्लैंक लाइन है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें इसमें कुछ भी नहीं है इसके लिए स्लैश डबल एन यूज किया गया है पहली लाइन को इस लाइन को ब्रेक करने के लिए किया गया है और दूसरी लाइन को इस लाइन को ब्रेक करने के लिए जो हमारी ब्लैंक लाइन है तो टू लाइन्स के लिए ब्रेक करने के लिए स्लैस डबल एन का यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं कि मैं जब से कह रहा था यूजिंग ने एस टी को लगाओ या मत लगाओ मैंने ये हटा दिया कोई जरूरी नहीं है और मैंने सेव कर दिया और रन करते हैं रन किया और फिर भी हमारा प्रोग्राम रन किया तो एस यूजिंग डी एस टी डी का यूज करने का कोई फायदा नहीं है आप यूज करना चाहते तो उसे यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हुआ है नेक्स्ट अनोदर विद इंसर्टिव न्यूलाइन इज विध दू मैनिक आप स्लेस डबल एन एम से यहाँ पे यूज कर रहे थे इससे आप लाइन ब्रेक कर रहे थे लेकिन जो दूसरा ऑपरेटर है वो एक इंसर्ट इन न्यू लाइन मतलब तो एक लाइन को ब्रेक करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है ये भी एक ऑपरेटर है एंडल एंडल ये भी एक ऑपरेटर है आप देख सकते हैं सीआउट हैलो वर्ल्ड और आप एंडल लगा दो और लाइन ब्रेक हो जाएगी लाइन ब्रेक हो जाएगी आप देख सकते हैं इस तक ज्यादा यूज नहीं किया जाता ज्यादा यूज स्लैस एन का किया जाता है ज्यादा यूज स्लैस एन का किया जाता है और हम इसे भी रन करके देखते हैं इसे हटा देते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और सेव कर देते हैं तो रन करके देखते हैं तो हमारा रन कर चुका है ये यहाँ पे इस हेलो बन और यहाँ से लाइन ड्रीप हो चुकी है और ये किसके कारण हुई है इस एंडल के कारण हुई है ए एन बी एन इसके कारण ब्रेक लाइन हो गया यदि आप लगाना चाहते हैं स्लेशन लगाइए है या फिर एंडल लगाइए दोनों तो से ब्रेक लाइन होगी और ज्यादा यूज स्लेशन का किया जाता है क्योंकि आसान है और तो नेक्स्ट C++ सी प्लस प्लस न्यू लाइन दोन हाउ एवर एन इज यूज्ड मोर ऑफटन एंड दूस are used to line. However, used to However, N N N is slash slash slash often end is the way. use हो, use nice Thanks for watching. video like करें चैनल को सब्सक्राइब करें कंप्यूटर ओमी साइंस चैनल का आपका स्वागत है और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक जरूर करें